तो हम जानते हैं कि आखिर में एडवांस एक्सेल होता क्या है अब कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है कि एडवांस एक्सेल कोई अलग सॉफ्टवेयर होगा इस नॉर्मल एक्सेल के अलावा या फिर कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि एडवांस एक्सेल में कुछ अलग फीचर्स हैं। ये तो दोनों ही गलत है माइक्रोसॉफ्ट ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई ये दिस टॉपिक आता है बेसिक दिस टॉपिक एडवांस वो हमारे यूज पे डिपेंड करता है जस्ट लाइक मैथमेटिक मैथमेटिक में पूरा मैथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पर टीका है ना सर जी पे टीका हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम ट्वेंटी प्लस थर्टी करेंगे तो बेसिक मैथमेटिक है और इसमें अगर हम कुछ और प्लस जगह पर हम कुछ और यूज कर लेंगे तो एडवांस हो जाएगा चाहे साइन डेटा कॉस्ट डेटा जेबरा कुछ भी यूज करें एटलीस्ट इन चारों का इधर तो यूज करेंगे आप सेम उसी तरह से हम आपको दो एग्जांपल देते हैं ताकि पता चल पाएगा कि बेसिक और एडवांस क्या होता है और क्यों जरूरत तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे ट्वेंटी टाइप किया हुआ यहाँ पे थर्टी टाइप किया हुआ मैं ट्वेंटी को कॉपी किया और थर्टी के ऊपर पेज कर दिया तो आप देखेंगे कि थर्टी रिप्लेस हो गया थ्वेंटी से तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूं और अगेन इस पर, मैं इस बार पेस्ट नहीं करके पेस्ट स्पेशल करता हूं और पेस्ट स्पेशल में यहां ऑपरेशंस होते हैं मतलब पेस्ट स्पेशल ऐसा पार्ट होता है कि आपने जहां से कॉपी किया है वो तो पूरा का पूरा पेस्ट ना करके कोई पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इसमें से सिर्फ जो है चूज करता हूं मल्टीप्लाई को या एड को हमें एड कर लिया तब क्या होगा कि जहां से कॉपी हो रहा है जहां पे पेस्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और फोर्टी ट्वेंटी थर्टी प्लस ट्वेंटी दूबा बताता हूं मैं आपको कि इस बार मैं पेस्ट स्पेशल में ऐड ना लेके मल्टीप्लाई लिया तो मल्टीप्लाई लेने के कारण क्या हो गया फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय आपका यहां पेस्ट तो आपने अभी ये जाना कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस के अंदर में जो ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब्ट्रैक्ट होता क्या है राइट सर जी सर ठीक है जी जी यस यस अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसी चीज को जब एडवांस एक्सेल में यूज करेंगे इसी टॉपिक को मुझे एडवांस एक्सेल में मैं पढ़ाऊंगा या आपको कोई भी ऑलरेडी या फिर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे जो फ्लाना टेक, टेक एफ टेक इस तरह के जो तो होते हैं वो तो आपको यही पढ़ाएगा क्योंकि उन्होंने इसी को पढ़ा है और यही आपको पढ़ाएगा लेकिन किसी वर्किंग प्रोफेशनल के पास जाएंगे जैसे कि मेरे पास आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज का सिस्टम समझाएंगे अगर आपको यहां पे ट्वेंटी परसेंट लिखना है तो टू जीरो तो okay? मतलब कि अगर मैंने ट्वेंटी और इसके ऊपर परसेंटेज डालेंगे तो टू थाउजेंड परसेंटेज आएगा इसका ध्यान रखिएगा एक्सेल में हमेशा वन इक्वल टू हंड्रेड परसेंट अब मुझे इससे इस, इस चीज से मुझे समझ में आता है कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना होगा जीरो पॉइंट टू जीरो इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे द परसेंटेज का सिंबल देंगे तो हमारा ट्वेंटी परसेंट यहां पे दिखेगा अब यही एक प्रॉब्लम थी कि हमारे कलीग थे जो कि मुझे डेटा भेजते थे यहां पे मैं बिटवीन एक रैंडम डेटा को सैंपल डेटा क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूं कंफ्यूज मत होगा मुझे उन्होंने भेज दिया इस तरह का डेटा अब ये जो डेटा है ना उनके हिसाब से बट सिस्टम के हिसाब से एट्टी है मतलब अगर मुझे 500 सौ का बरासी परसेंटी टू परसेंट निकालना होगा तो जस्ट मैं पे इसको स्लैक कर कर मल्टीप्लाई जब 82 इन द नंबर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इकतालीस आएगा तो मुझे अपनी फॉर्मूला को मोडिफाई करके डिवाइड बाई हंड्रेड करना पड़ेगा अब यही प्रॉब्लम आ गई कि जो मारे कलीग ने मुझे जो भेजा है ना अब इसको मैं अपने एक्शन में यूज नहीं कर सकता अपनी रिपोर्ट में यूज नहीं कर सकता क्योंकि रिपोर्ट का कैलकुलेशन इस बेस पे लेकिन जब ये डाटा डालूंगा तो कैलकुलेशन को चेंज करके मुझे इस बेस पे करना पड़ेगा और ऐसा मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उनके जैसे बहुत सारे लोगों का डेटा आता है तो मुझे किसी ज्यादातर जो आते वो परसेंटेज वाले ही आते तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं यही पे क्या करना चाहता हूँ कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं डबल क्लिक कर सकते हैं इसके जगह पे और फिर सैंपल डालकर एंटर मारता हूँ अब ये तो बड़ी लेंथी वर्क हो गई ना सर डेटा चलिए आपके पास कुछ है तो देखिए डेटा जब हजार में दस हजार में बीस हजार में, में होगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो यहां पे मैंने जनरेट की एक प्रॉब्लम जिसको मैनुअल सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम ऐसे केसेस में हम इस नॉलेज का यूज करेंगे जो भी मैंने नॉलेज बताया तो इस नॉलेज का यूज करेंगे हम एक सेल पे हंड्रेड को टाइप करेंगे इस हंड्रेड को कॉपी करेंगे और पूरे सीट पे सेलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल और इसमें हम कर देंगे डिवाइड जो हर नंबर हंड्रेड से डिवाइड होगा तो जाहिर बात डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा और मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हम डेसिमल प्लेस में लिखने के बाद जब परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा देखिए आ गया परसेंट में तो हमने बस एक क्लिक से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जो कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी तो जिग्नेश जी एंड रोशन जी ओके। विदाउट विदे गुड है समझाया आपको सीट ये फीचर्स आप जान जाओगे और मुझे लगता है कि आपको कल तक भी याद रहे क्योंकि तो इसको भूल जाओगे hmm. ये आपके लिए अननेसेसरी वर्ड चीज है अब उन्हें यार क्या करना डिवाइड करने के खुद तो बहुत डिवाइड करने से तो क्या ऐड करेंगे लेकिन जब मैंने इसको एक प्रॉब्लम क्रिएट किया कि देर इज द प्रॉब्लम अगर आप इसको यूज ना करेंगे तो मैनुअल आपको घंटों दिन महीना लग जाए फिर मैंने सॉल्यूशन बताया तो आपके दिमाग में एकदम आया और आपने उसको कैच कर लिया और ये चीज आप जल्दी नहीं भूलोगे अगर भूल भी जाते हो तो वापस इसको जल्दी इसको रिकॉल कर लोगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सीट टू वन में दी दी गई दिस दे दिस द द बेसिक और और सीट टू पे एडवांस मेरी क्लासेस में आपको इसी तरह की सारी चीजें बताई जाएगी और इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके साथ बात करते हुए आपके जानते हुए आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा रिपीट करते हुए और okay. दो से तीन लोगों के साथ बैच में ऐसा नहीं किया मुझे मेरे मेरा जो क्लासेस का बैच ऐसा नहीं कि उसमें बीस पचास बच्चे होते हैं जी नहीं क्योंकि मेरे पास सारे आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि अपने काम में इसको यूटिलाइज करना आते हैं उनको सर्टिफिकेट से लेना देना नहीं होता है उनको नॉलेज से लेना देना होता है क्योंकि उस नॉलेज को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं हर कोई आता है अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम और ऑफिस की एक्सपीरियंस को लेकर जो कि बैच में शेयर करता है और आपको हम बताते हैं राइट right? ओके okay. और सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा पढ़ाने के बाद आपकी प्रॉब्लम का भी सलूशन मैं दूंगा मुझे व्हाट्सएप पे मेल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जैसे थोड़ा तो देर पहले ही एक ये देखिए रामजी पांडे जी का एक प्रॉब्लम आया है और मैं इसको देखूंगा ऐसे उन्होंने फोन पे उनके एक्सप्लेन कर दिया फिर इस पर वीडियो बनाकर फिर उनको भेजूंगा तो आपको आफ्टर द कोर्स भी आपको आपको पता रहेगा आपको सपोर्ट रहेगा मेरा साथ में कोर्स करते समय अगर आपके पास और कुछ प्रॉब्लम है तो क्लास से पहले क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम आपको हम समझा देंगे या फिर उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको रिकमेंड कर देंगे अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई टॉपिक चल रहा है तो टॉपिक में आपको बता देंगे जैसे मैं टेबल आपको पढ़ा रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी पेवर टेबल का प्रॉब्लम है सो वी डिस्कस पेवर टेबल टॉपिक ऑन योर डेटा अब बात करते हैं कोर्स तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जब जाते हैं तो वहां पे मेरे क्लासेस के बारे में आपको मिलेगा मेरे पास दो तरह की क्लासेस हैं लाइव क्लासेस एंड वीडियो क्लासेस वीडियो क्लासेस जो कि आपने मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था उसके अंदर जो कोर्सेस थे ये जो कोर्सेस आपको दिख रहे हैं ये हमारे वीडियो क्लासेस जो कि हिंदी में रिकॉर्डेड है राइट ओके okay. उसके अलावा लाइव क्लासेस पर अलावास आते हैं तो लाइव क्लासेस में हमारा ये लाइव क्लासेस है यहाँ पे लाइव क्लास पे क्लिक कीजिए तो लाइव क्लासेस जूम के थ्रू होगा अब जो हमने आपके साथ कोर्स डिस्कस करना चाहते हैं एक कोर्स ए है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला ठीक है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला इसमें आपको बेसिक एक्सल आएगा और एक्सल एडवांस भी आएगा एक्सपोर्ट लेवल की क्लासेज है इसमें आपके करीब पंद्रह चैप्टर्स हैं इसकी डिटेल्स ड्यूरेशंस के लिए आपको एक पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सअप किया हुआ है नहीं तो मैं दोबारा भेज देता हूं आप दोबारा कर लीजिएगा ठीक है ओके okay. तो ये ड्यूरेशंस है अब इसमें क्या क्या कवर देख लीजिए इसमें हम एक्सल के हर एक फीचर को कवर करने की कोशिश की है इसमें 300 formula cover करने की कोशिश की है एडवांस फॉर्मूला पावर क्यूरी डैशबोर्ड एवरीथिंग कनेक्ट करने की कोशिश की है की क्लासेस होगा बेसिक्स से एडवांस मंडे टू फ्राइडे वन आवर की क्लासेस होगी और आप डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हुआ प्रैक्टिस करते समय ऑफिस में काम करते समय मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब इसकी ड्यूरेशन आपका देखिए 35 से 45 घंटे का है लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है पूरा सीखने का तो मेरा फास्ट्रेक कोर्स आप ले सकते हैं फास्ट्रेक कोर्स जो है 5 से 6 घंटे का है 5 से 6 घंटे में जो मेन मेन चीजें हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे और मेन मेन चीजें क्या होगी आप भी मुझे बता सकते हैं और हम भी आपको सजेस्ट करेंगे कि ये चीजें सीख लेगी ठीक है देखिए okay. वो एक्सपर्ट लेबल का नहीं होगा उतना होगा कि हाँ इसके बारे में आप जान गए बस या तो आपके कुछ दस बीस पचास प्रॉब्लम्स है आ, जो टॉपिक है आप मान लीजिए आपको बीस दस पंद्रह फॉर्मूले सीखने हैं पीवर टेबल सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना है ऐसे दो चार चीजें सीखनी है तो उसके लिए फास्ट फास्ट्रैक कोर्स आपके लिए सुटेबल रहेगा लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा आप अगर सीखना चाहते हैं अपने मन बनाया हुआ है टाइम निकाला हुआ है तो गो टू दर्ट एबल पूरा का पूरा आप टॉपिक को सीखे और अच्छे तरीके से एक्सपर्ट बने okay. सर अब आप लोगों के पास okay. मन में शंका है किस तरह की प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं नहीं मतलब ये सिर्फ एक्सेल के ऊपर ही सब